नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 8 नवंबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दिन शुक्रवार रहेगा आज का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है और शुक्रवार दिन दर्शकों मां लक्ष्मी का दिन और आज एकादशी व्रत रहेगा देवोथम एकादशी व्रत रहेगा तो हमने कम्यूनिटी चैप में भी डाल दिया फेसबुक पेज पर भी डाल दिया आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा दर्शकों आप धन प्राप्ति से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा हम प्रयोग सभी राशि के जातकों को बताएंगे प्रारंभ में ही बताएँगे तो अंत तक दर्शकों बने रहिएगा और फटाफट आप लोग देखिए जुड़ गए हैं वीडियो को हमारे लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि पंचांग पांच अंकों से मिलकर के बना होता है ये पांच अंक कौन कौन से हैं तो तिथिवार नक्षत्र योग करत देखिए दर्शकों कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज जो तिथि रहेगी एकादशी तिथि रहेगी विक्रम संबत दो शक संबंध उन्नीस सौ इकतालीस नामक संबंध चल रहा है आठ नवंबर 2019 दिन रहेगा आज शुक्रवार सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर चौबीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर पंद्रह मिनट पर तिथि हमने दर्शकों को बता दिया कि एकादशी तिथि रहेगी दोपहर बारह बजकर चौबीस मिनट तक इसके उपरांत द्वादशी तिथि लग जाएगी नक्षत्र रहेगा पूर्व भाद्रपद इसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद रहेगा करण रहेगा विष्टि फिर आएगा भक् और अंतिम करण रहेगा बालो योग रहेगा व्याख्यात इसके उपरांत षण योग रहेगा शुक्रवार दिन रहेगा और पश्चिम दिशा की ओर दिशा सूल रहेगा तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से अवॉइड करिएगा मत करिएगा विशेष कोई जरूरत पड़ जाती है तो कोशिश कीजिएगा कि मिश्री का सेवन करके फिर आप यात्रा करिएगा मक्खन हो गया मिश्री हो गया तो इनका सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं और पहले पूर्व की ओर चार पग चलिएगा फिर पश्चिम दिशा की ओर आज आपको चलना रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों एकादशी तिथि के दिन चावल और द्वादशी को मसूर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही है इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे आज का जो राहुकाल रहेगा राहुकाल एक ऐसा समय होता है एक ऐसी वेला होती है कि शुभ कार्यों को नहीं करना है मिनट तो कर मिनट से लेकर के का पचास जो समय रहेगा, रहेगा ये राहु रहे काल का और शुभ कार्यों को यदि करना हो तो आज विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर एक बजकर अड़तीस मिनट से लेकर के दो बजकर बाईस मिनट तक की इस मुहूर्त में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं इसके अलावा एक टाइम हम आपको और बताए दे रहे हैं अभिजीत मुहूर्त का ग्यारह बजकर अट्ठाईस मिनट से लेकर के बारह बजकर बारह मिनट के बीच भी, भी आप लोग अपने कार्यों को आज निपटा सकते हैं दर्शकों आप लोगों के तमाम प्रश्न आते हैं कि पंडित जी राशिफल किस पर आधारित होता है तो दर्शकों हमारा ये राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित तो जन्म राशि की ही प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करना चाहिए इसके अलावा दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि मेष से लेकर के मीन राशि के लिए आज के दिन कौन सा शुभ कलर रहेगा शुभ अंग कौन सा रहेगा और प्रत्येक तो राशिवार उपाय बताएंगे आगे बढ़ें दर्शकों उससे पहले शुक्रवार दिन रहेगा और एकादशी तिथि है जो तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को आज एक साथ आप लोग मना लीजिए बहुत ही सौभाग्य के द्वार आज का दिन जो है आप लोगों के लिए ले करके आया है बहुत ही कम लोग होते हैं किस्मत वाले होते हैं जिनको ये राशिफल देखना नसीब होता है हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं लेकिन जो भी हम प्रयोग बताते हैं जो भी उपाय बताते हैं पूर्णतः वैदिक ग्रंथों के आधार पर ही बताते हैं तो आज आपको करना क्या रहेगा आपकी जो भी राशि हो आपका जो भी नाम हो उससे नहीं मतलब है जो भी मज़ाक हो उससे भी हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं आपको करना क्या रहेगा देखिए आज करना क्या रहेगा प्रातःकाल जल्दी उठिएगा और नहा धो कर भगवान विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की जो फोटो एक साथ है उसके सामने एक देसी घी का दीपक जलाइएगा और देसी घी के दीपक जलाने के उपरांत कमल गट्टे की यदि माला हो तो ठीक नहीं है तो स्फटिक की माला आप लोगों के पास होगी यदि वो भी नहीं है तो रुद्राक्ष की माला होगी कोशिश कीजिएगा कि कमल गट्टे की माला हो तो श्रेष्ठ है कमल गट्टे की माला लेना है लक्ष्मी गायत्री मंत्र की एक माला का आपको जाप करना रहेगा और कोशिश कीजिए आज विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ करिए जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं आप लोग अपने मोबाइल में भी बजा सकते हैं देखिए भक्ति बहुत प्रकार से होती है श्रवणम कीर्तनम मंदे विष्णु पास सेवनम सुन के भी होती है बोल के भी होती है तो यदि आप नहीं बोल पाते हैं और सुनते हैं और आपके अंदर वो फीलिंग्स आती है कि आप बोल रहे हैं भगवान के प्रति आस्था रखना भक्ति भाव रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है तो विष्णु साहब नाम आज सुबह जरूर जो है आप लोगों को प्ले करना है बजाना है और यदि पढ़ सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी ये सब जब आप पढ़िएगा अंतिम में उठते समय आपको माँ लक्ष्मी को सुगंधित इत्र अर्पित करना रहेगा रूई से नॉन एल्कोहलिक इत्र जो है आज माँ लक्ष्मी को ओम श्रीम श्रीय नमा मंत्र से अर्पित कर दीजिए भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिए ये छोटा सा प्रयोग है धन प्राप्ति के लिए प्रयोग है और यकीन मानिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु इनके जो है कृपा से आप लोगों को धन प्राप्त होगा ये बिल्कुल फैक्ट है बढ़ते अपने राशिफल की ओर ये तो था धन प्राप्ति से उपाय राशिफल की ओर बढ़ते हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है एरीज मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज का राशिफल कैसा रहेगा आज आपका दिन घूमने फिरने में बीतेगा परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं बाहर का प्लान बना सकते हैं क्योंकि वीकेंड आने वाला है इसलिए कहीं बाहर जाने के योग बन रहे हैं आज पति पत्नी के बीच में रिश्तों में मजबूती आएगी आपके रिश्ते मजबूत होंगे मेष राशि के जातक हैं व्यापारी हैं तो आज अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत रहेगा और आपके सोचे हुए काम आज समय पर पूर्ण हो जाएंगे आज आप अपनी जो है टाइम टेबल दिनचर्या में कुछ कुछ बदलाव ला सकते हैं कोई पुरानी इच्छा कोई पुराना विश आज आपका पूर्ण हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा विष्णु सहित नाम का पाठ करिए और लक्ष्मी गायत्री मंत्र की एकमाला का आज आपको जाप करना रहेगा ब्लैक कलर को अवॉइड करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि गाय को छह छे के लिए खिलाई शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा येगा रहे तीन हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि टॉरस जी हाँ दर्शकों वृषभ राशि के जातको आज का राशिफल ये कहता है कि आज आप लोग अपने कार्यक्षेत्र में कोई नई योजनाएं बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा कई दिनों से पेंडिंग कार्य जो आपके थे ये पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ऑफिस में सीनियर्स आज आपके काम को देख करके काफ़ी प्रभावित होंगे खुश होंगे लव मेट के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है उनके फेवर में रहेगा आज आप लोगों को माता पिता से कोई अच्छी सलाह मिल सकती है कोई आज आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट भी मिल सकता है जिससे आपको लाभ होगा आज आप किसी बात को लेकर के पड़ोसियों के साथ बात भी बात कर सकते हैं तो अपनी वाड़ी पर थोड़ा सा आज आपको संयम रखना रहेगा वृषभ राशि के हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं स्टूडेंट हैं आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा आज आप किसी नई तकनीकी को सीखने में रुचि दिखाएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा एक रोटी में सफेद खोए से बनी हुई कोई मिठाई रख लीजिएगा दूध की बर्फी रख लीजिएगा और आपको गाय को खिलाना रहेगा आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा नीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन जैमिनी मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जात को आज का राशिफल यह कहता है कि आज आपका सोचा हुआ कोई काम जल्दी पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आ, आज आप छोटे पैमाने पर कोई कार्य यदि शुरू करना चाहते हैं तो आगे चल करके आज इसमें लाभ की संभावना आपको ज़्यादा मिलेगी खास करके जो मिथुन राशि की महिलाएं हैं महिलाएं हैं ये आज अपने बच्चों को, को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह दिला सकती हैं इसके साथ साथ बिजनेस के सिलसिले में किसी यात्राओं पर जाने का आज से योग बन रहा है यात्राओं से आज आपको लाभ होगा आज, आज आपके काम में कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं समाज में आज आपका दायरा बढ़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज किसी धार्मिक स्थान में दही का दान करिएगा और आज के दिन लक्ष्मी का पाठ आप लोगों को करना रहेगा नहीं कर सकते हैं तो फिर से अगेन वही हमारी जो है आपको सलाह है कि मोबाइल में एटलीस्ट बजा करके जरूर सुनिए शुभ कलर आज आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा साथ कर्क राशि तो आज का राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए बताता है कि आज छोटी मोटी कोई व्याधि आपको घेर सकती है अधिकारियों के साथ आज आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी पेरेंट्स की सलाह आज, आज आपके लिए कारगर साबित होगी बिजनेस में विरोधियों से आज, आज आपको बचकर रहना होगा खुद को फिट रखने के लिए कोशिश कीजिए आज आप योग और एक्सरसाइज का सहारा लीजिए और यदि आज कोई बीमारी में आप पड़ते हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए यात्राओं का योग है लेकिन ये यात्राएँ जो होंगी ये सार्थक नहीं होंगी निरर्थक रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा आप लोग की महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए इसके साथ साथ गणपति याथर्व का पाठ आपकी सभी परेशानियों को दूर करता हुआ दिखाई पड़ा तो गणपति याथर्पीर्ष का आप लोगों को पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच सिंह राशि लियो तो आज का राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए ये इंडिकेट करता है ये अंकित करता है कि धन लाभ के आज तमाम मौके सिंह राशि के जातकों को मिलेंगे परिवार के सहयोग से आज आपके कुछ काम पूरे होते हुए दिखाई पड़ना है कोर्ट कचहरी के, के मामलों में भी आज सफलता कोई केस के में आ सकता है। दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर के अनबड़ होने की संभावना है कुछ मामलों में आज आपकी बातों पर जो है क्या कहते हैं लोग कटाक्ष करेंगे इससे आपकी कुछ परेशानी बढ़ पर सकती है उच्चाधिकारियों के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा नहीं बैठेगा आज कोशिश कीजिएगा जंक फूड से तली हुई भुनी हुई चीज़ों से आपको खाना चाहिए कोई एग्जाम या इंटरव्यू के सिलसिले में आज यात्राओं का योग दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज के दिन प्रयास करिए कनक धरा इस स्रोत का पाठ करिए और जो हमने स्टार्टिंग में प्रयोग बताया धन प्राप्ति के लिए वो आप लोग जरूर करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ कन्या राशि जी हाँ बच्चों क्या जो है आज का राशिफल कहता है तो कन्या राशि के जातकों आज अधिकारियों से जो है खास मामलों पर आपकी बातचीत रहेगी कन्या राशि के जातकों को इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो हैं जो लोग जो है क्या कहते हैं टेक्निकल चीज़ों में हैं इनको आज ज़्यादा फायदा होगा अधिक धन लाभ होगा इसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप थोड़ी सी मेहनत से आपको किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा आज आपकी फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी ऑफिस के किसी काम में सहकर्मियों की मदद मिलेगी आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास करिएगा कि दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का आपको पाठ करना रहेगा और आज गाय को आप लोग रोटी और गुड़ जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः हमारी जो अगली राशि आती है दर्शकों ये आती है लिब्राग तुला राशि तो तुला राशि के आज का राशिफल बताता है कि आज आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा बसरते आप माहौल आपके ठीक ठाक रहेगा सीनियर्स के साथ किसी विषय पर खास बातचीत हो सकती है आज अपने सीनियर्स से बात करते समय आपको अपनी जिवधा पर काबू रखना होगा बुद्धि विवेक से आपको काम लेना होगा आज कोशिश कीजिएगा कि कोई नए प्रेम संबंध मत स्थापित करिएगा अन्यथा अन्य उसमें सलाह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगी यात्राओं का योग बन रहा है संतान के स्वास्थ्य को लेकर के अकारण ही मन बड़ा चिंतित रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो हनुमान अष्टक का आज आप लोग पाठ करिए और पीपल के वृक्ष में आज जल में मिश्री डाल करके आपको अर्पण करना रहेगा श्रीमंत्र से शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ स्कॉर्पियो जी हाँ वृश्चिक राशि तो आज का राशिफल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये बताता है कि आज के दिन भाई बहन आपके कार्य में आपका हाथ बटाते हुए दिख रहे हैं आज आपका काम जल्दी पूरा होगा समय से पूरा होगा यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको तरक्की के कई कई नए रास्ते आपको मिलेंगे और आज आपकी तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता है वृश्चिक राशि के जात को आर्ट्स स्टूडेंट के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा किसी टॉपिक में आ रही प्रॉब्लम दोस्तों की मदद से साल्व होती हुई दिखाई पड़ रही है परिवार वालों के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आज आप लोग जा सकते हैं आज धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा धर्म स्थान पर इत्र का आज आप लोग दान करिए और श्री की 108 बार आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ हमारी अगली राशि आती है धनु राशि सैजिटेरियस तो आज का राशिफल धनु राशि के जातकों के लिए बताता है कि आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आज आपको किसी कानूनी मामले में कुछ खास लोगों से मदद मिलती है दिखाई पड़ रही सहायता मिल सकती है परिवार में आज आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करने में सफल होंगे दोस्तों के साथ आज आपका समय अच्छा बीतेगा आज जीवन साथी के साथ बाहर कोई मूवी वगैरह देखने की प्लानिंग कर सकते हैं आज, आज आपको कुछ नए बिजनेस प्रपोजल मिलेंगे संतान से सुख की अनुभूति मिलेगी कुल मिलाकर के आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी जो है सफलता सुनिश्चित होगी इसके साथ साथ कोई वाहन सुख भी आज, आज आप लोग प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग दुर्गा जी के बत्तीस नाम का पाठ करिए और माता पिता के चरण छूकर के आशीर्वाद लीजिए दंडवत प्रणाम करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सैफ्रॉन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक मकर राशि कैप्रिकॉन आज का राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है तो साहब आज आप ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे दिन भर के काम से आज आपको जो है थोड़ी सी थकान होती हुई दिखाई पड़ रही है जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आज आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल रहेंगे भावुक रहेंगे आज आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रखना होगा साथ ही बिना वजह के खर्चों पर नियंत्रण करने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपका आर्थिक पक्ष इससे मजबूत होगा यदि आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करते हैं आज आप किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात करते हुए दिखाई पड़ रहे और वो व्यक्ति भविष्य में आपकी हेल्प करेंगे उपाय के तौर तो अर्पण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कुंभ राशि क्या कुछ कहता है आज के लिए आपका दिन तो कुंभ राशि के जातकों को आज का राशिफल बताता है कि आज का दिन आपका खुशियों से भरा रहेगा खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे रोजमर्रा के कार्यों में आज आपको आसानी से सफलता मिलेगी किसी विशेष कार्य में की गई मेहनत का फल आज आपको अवश्य मिलेगा कुछ लोगों को आपके विचार आज पसंद आ सकते हैं ऑफिस में सहकर्मी आपके मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे कुंभ राशि के जातक हैं तो हाई एजुकेशन पाने की ख्वाहिश रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा बच्चों की तरफ से संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आप लोगों को प्राप्त होगा घर का माहौल आप लोगों के खुशनुमा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा विष्णु सहित नाम का आज आपको पाठ करना रहेगा और आज गाय को एक दर्जन केला आपको खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः अंतिम राशि पर चलते हैं। हमारी अंतिम राशि आती है ये आती है मीन राशि पाइसेस तो मीन राशि के जातकों आज का राशिफल बताता है कि आज शाम तक की कोई शुभ समाचार मिलने से घर परिवार का माहौल बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा रहेगा सोसाइटी के लोग आज आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे मीन राशि के जातकों विवाहित है तो विवाह के लिए कोई प्रस्ताव आ सकता है इसके साथ साथ आज आपके काम से जीवन साथी प्रसन्न रहेंगे आपको किसी लेनदेन से फायदा होने की उम्मीद रहेगी करियर में आज आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी कोई नई जॉब इत्यादि आज आपको मिल सकती है आज कोई इंटरव्यू आप लोग क्रैक कर सकते हैं लेकिन विरोधियों से आज थोड़ा सा आपको बचकर रहना होगा मीन राशि के जात उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा किसी विकलांग को आज आप भोजन जरूर करेंगे और यदि आपके घर में कोई काम करने वाली जो है मेड आती है खास करके वो फीमेल है तो उसको आप लोग सफ़ेद मिठाई इत्यादि जो है ज़रूर अपने हाथ से खिलाइए दूध का दान दही का दान भी आज आप कर सकते हैं तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तो ये छोटे छोटे से प्रयोग हमने बताए हमें इसे लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज, आज आप लोग इसको करिए और देखिए दिन आपका कैसे कैसे शुभ होगा पुनः दर्शकों आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और प्रतिदिन हमारा राशिफल देखना ना भूलिए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय महालक्ष्मी